हेलो दोस्तों आपका अपना चैनल एग्जाम अफेयर बाई नाइन्टी एट में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें यह स्पेशल एनटीपीसी सीबीटी पी सी टू एंड ग्रुप डी के लिए है तो चलिए बिना देर किए इस सीरीज को चालू करते हैं पुस्तक एक नंबर अनफिनिश्ड ए मेमोरी पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा है पुस्तक नंबर दो क्रिकेट ड्रोना पुस्तक के लेखक जतिन प्राजे है। पुस्तक नंबर तीन माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद है जो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तक के लेखक सुरेश रायना एवं सुंदर रेशम है प्रसिद्ध पुस्तक स्टेट ड्राइव के लेखक सुनील गास्कर हैं इसी सीरीज में इनकी अन्य पुस्तक का भी वर्णन किया जाएगा सनी डे पुस्तक के लेखक सुनील गास्कर हैं प्रसिद्ध पुस्तक ए सेंचुरी इच नोट एन एफ पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली हैं अगर आपको इस सीरीज़ में और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव शेयर करें प्रसिद्ध पुस्तक भाग मिल्खा भाग पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह हैं यह इनकी आत्मकथा है यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम सीरीज के लिए क्योंकि इनकी हाल ही में निर्धन हुई है मेरा राइकेट मेरी दुनिया पुस्तक के लेखक साइना नेहवाल हैं इनकी अन्य पुस्तक प्लेइंग प्लेइंग ऑन वीन है साइना मिर्जा जी यह प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध पुस्तक एस अगेंस्ट ऑर्ट्स पुस्तक के लेखक सानिया मिर्जा हैं माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओल्पिक गोल्ड पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा हैं प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग वाल टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नल्सन मंडेला हैं इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है शिक्ष मशीन पुस्तक के लेखक क्रिस गेल ले हैं इनकी यह आत्मकथा है प्रसिद्ध पुस्तक अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम हैं इनकी आन पुस्तक भी इसी सीरीज में वर्णन करेंगे प्रसिद्ध पुस्तक भारत 2020 और उसके बाद पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम हैं इनकी नेक्स्ट पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम हैं प्रसिद्ध पुस्तक माय लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक गौरी खान हैं यह प्रसिद्ध डिजाइनर है प्रसिद्ध पुस्तक टू एट वन एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक बीबीएस लक्ष्मण हैं यह उनकी आत्मकथा है प्रसिद्ध पुस्तक अनोनली पुस्तक के लेखक अनुपम खेर हैं इनकी यह आत्मकथा है इनकी अन पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे है यह दो हजार इक्कीस की प्रसिद्ध पुस्तकों तो में से एक है हाँ.